नमस्ते दोस्तों मैं हूँ नर्मदा आप लोग कैसे हो आप लोग को नर्मदा किचन को स्वागत है आज हम कुछ स्टार्टर बनाएंगे बहुत योमी स्टार्टर है और हेल्दी भी है आज हम कच्चा केले की टिक्की बनाएंगे बहुत लोग कच्चे केला खाने पसंद नहीं करते लेकिन आज हम ऐसे टिक्की बनाएंगे सबको पसंद आएगी ये मेरा गारंटी है आप ये वीडियो देखिए पूरा देखिए मैं कैसे टिक्की बनाती हूँ आज हम बनाएंगे केले की टिक्की इसके लिए मैं तीन केला ली हूँ इसको हम बॉयल कर लेंगे अब केला को बीच से काट लेंगे इसको मैं धो दी थी प्रेशर कुकर ली हूँ उसमें सारा केला को दे देंगे पानी दे देंगे हल्दी ऐड करेंगे नमक दे देंगे अब ढक्कन बंद करके दो सिटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम में पहले हम केला को ऐसे करके इसका छिलका निकाल लेंगे और देखिए ये ज़्यादा बिल्कुल नहीं बॉईल हुआ है इतना बॉईल होना ठीक है अब मैं ये मीडियम साइज चार आलू ली हूँ इसको डाल दूंगी उसको अच्छे से मिला लेंगे अब ये अच्छे से मिल गया है अब इसमें नमक लेंगे नमक आप स्वाद हिसाब से दीजिएगा थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे ये धनिया पाउडर थोड़ा डालेंगे थोड़ा गरम मसाला डालेंगे थोड़ा जीरा डालेंगे अब चाट मसाला डालेंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डालेंगे धनिया पत्ता डालेंगे खराब मिर्च को डालेंगे इसको भी मैं काट के रखी हूँ सारा ये मैं काट काटके रखी हूँ पूरा बारीक कटा हुआ है अदरक थोड़ा डालेंगे लहसुन को देखिए छोटा छोटा टुकड़ा करके काटके रखी हूँ इसको भी डालेंगे और प्याज इसको भी डाल देंगे अब सारा अच्छे से मिलाएंगे थोड़ा इसका बाइंडिंग के लिए बाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे थोड़ा बेसन डाल दीजिएगा दो तीन स्पून डालिएगा हो गया बस ज्यादा नहीं अब हमारा हो गया टिक्की बनाने के लिए बनाना टिक्की बनाने के लिए पूरा रेडी है अब हम बनाएंगे अब हम टिक्की बनाएंगे टिक्की के लिए मेरा पैन हीट हो गया है मैं एक स्पून ऑयल दे दी हूँ टिक्की को ऐसे सेव करके बनाएंगे ये केले का टिक्की बहुत हेल्पफुल है हमारा हमारा हेल्थ के लिए इसमें आयरन बहुत मात्रा में रहता है इसको बनाइए ये टेस्टी भी है हेल्दी भी है ऐसे करके सारा टिक्की बना दीजिएगा इसे सेट में और टिक्की को हम पलटेंगे दोनों तरफ अच्छे से पकाना है स्लो में कीजिएगा टिक्की को हाई फ्लेम में मत दीजिएगा नहीं तो जल जाएगा तेल में मीडियम में दे दीजिएगा उसके बाद स्लो स्लो में कीजिएगा अब हमारा टिक्की रेडी हो गया है चलिए प्लेटिंग करेंगे अब हम टिक्की की प्लेटिंग करेंगे बना अब हमारा टिक्की रेडी हो गया है आप लोग इसको घर में जरूर बनाइए टिक्की रेडी हो गया है ये दिखने में बहुत सुंदर दिख रही है खाने में भी उतना टेस्टी है प्लीज इसको घर में बनाइए मैं आशा करती हूँ आपको मेरी अकेले की टिक्की बहुत पसंद आई होगी प्लीज़ आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राइट साइड में जो बेल बटन का सिंबल है उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़ आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए थैंक यू